हसर में फिर में। हसर में हसर में फिर मिलेंगे हसर में हसर में फिर मिलेंगे मेरे दोस्त बस यही हसर में फिर हसर में फिर में। हसर में फिर